दोस्तों वेलकम टू तो ट्रिपुनित चैनल और अभी हम हैं खरडा वाले हनुमान जी जो कि नारनौल से अप्रोक्स 4 किलोमीटर है और ये बहुत ही नारनौल का फेमस मंदिर है हिल साइड मंदिर है और यहाँ पे बहुत लोग आते हैं मंगलवार और शनिवार को और काफ़ी भीड़ भाड़ होती है बट मैंने अभी ट्राई किया कि जल्दी से मॉर्निंग में इसका कैप्चर करता हूँ तो आप लोग जो भी नीयर अबाउट हैं आप जो ज़्यादा ज़्यादा आप यहाँ आ सकते हैं और जो टूरिज़म वाले हैं जो बाहर घूमने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं लाइक अगर आप डेली टू बीकानेर राजस्थान साइड जा रहे हैं तो ये ऑन दी वे नॉन ऑल जस्ट फोर किलोमीटर लेफ्ट साइड में जैसे ही हिल्स स्टार्ट होंगी रघुनाथपुरा इसको खालडा भी बोलते हैं और रघुनाथपुरा भी तो रघुनाथपुरा की हिल्स स्टार्ट होंगी वैसे ही राइट साइड में सॉरी लेफ्ट साइड में ये मंदिर है पहाड़ के ऊपर दूर से ही दिख जाता है रोड पर और यहाँ पर होटल्स हैं अगर आपको अच्छा खाना खाना है और तो उसके तो नियर अबाउट होटल्स भी लाइक चांदनी बिडवे काफ़ी फेमस है फॉरेनर्स भी यहाँ पे आके रुकते हैं तो आप वहाँ पर खाना खा सकते हैं और लोकल होटल्स भी हैं आप उन पर भी ढापे होटल इसमें तो खाना खा सकते हो और ये रोड स्टेट दहली टू बीकानेर जाता है तो वो लोग यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं अब देखिए अभी मैं हनुमान जी के मंदिर का वो करवाता हूँ ये देखिए सामने हनुमान जी का मंदिर है तो ये देखो चारों तरफ खेलें और आप किसी भी मौसम में यहाँ आएँ बहुत ही अच्छा सुहावना मौसम होता है बहुत ही साफ़ सुथरा लोकल जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है यहाँ पे अगर आप अपने बच्चों के साथ आते हैं फैमिली के साथ आते हैं फूड कोर्ट हैं बच्चों के लिए ये खेलने के लिए बनाए हुए हैं तो अभी स्टार्ट होगा फिर अभी आप ट्यूज़डे को मैं अभी आठ हुए हैं तो मैं जल्दी आ गया तो अभी लोग आना स्टार्ट होंगे तो देखो पार्किंग की भी सुविधा है बट अभी थोड़ा कम भीड़ है तो यहीं पर पार्किंग है बट बाद में ये बाहर कर देते हैं ये देखिए ये हट्स बनी हैं गर्मी के लिए यहाँ पे लोग रुक सकते हैं और यहाँ पर फायरिंग स्टेशन भी है ये देखो फूड कोर्ट कितना अच्छा फूड कोर्ट है यहाँ का तो यहाँ पर मेले में आने वाले फूड कोर्ट में खाने का आनंद ले सकते हैं ये देखिए बहुत ही समझता और फायरिंग स्टेशन है ये हरियाणा का तो यहाँ पे हरियाणा पुलिस दिल्ली पुलिस वाले प्रैक्टिस करने आते हैं फायरिंग स्टेशन पे तो जो कि महंद्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी हर्ट्स बनी हुई हैं और यहाँ पे काफ़ी कुछ है एक बड़ा सा पार्क है मंदिर के साथ में और ये हरियाणा फायरिंग स्टेशन है देन हनुमान जी का मंदिर हो गया और ये हिल भी हुआ चारों तरफ ये देखिए थाना यातायात था, ट्रैफिक पुलिस का थाना है नानोल का और इधर वैसे अलाउड नहीं है तो मैं इधर नहीं जाऊंगा यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय पुलिस वाले ही अलाउड हैं जो कि प्रैक्टिस करने आते हैं इधर ये पार्क है बेसिकली तो, यहाँ पे बच्चे इन्जॉय कर सकते हैं स्मॉल आउटिंग कर सकते हैं और जो अपना नियरेस्ट दोसी का पहाड़ है वो भी उसके बहुत ही पास में ये देखिए कितना प्यार है ये हम बतक घूम रहे हैं नीचे बड़े बच्चे देखे और ये पार्क है जस्ट मंदिर के नीचे यहाँ पर रेबिटी हैं तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जगह है ये घूमने के लिए ऑस्ट्रिच हेलो हेलो इसको मारना तो भाई ये देखो ऑस्ट्रिच ये देखिए वाह ये पार्क है काफ़ी तो बड़ा पार्क है अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं फायरिंग स्टेशन पे अब तो आई थिंक अलाउड नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा ट्राई करता हूँ मैं ये देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए पुलिस वाले आ रहे हैं फायरिंग स्टेशन पे। अब हम इस पार्क के अंदर एंट्री करेंगे वहां पे प्रैक्टिस चल रही है कितना प्यारा व्यू है प्लीश, प्लीश। ये देखिए दिल्ली प्लीज सरेना प्लीज ये लगाते हैं यहां पे फायरिंग प्रैक्टिस करते हैं सामने और ये पार्क एक और है गौर है आज काफी सुंदर पार्क ये थोड़ा सा साइड का एरिया मैं आपको दिखा रहा हूं फिर देन हम लास्ट में मंदिर में चलेंगे और फिर आनोल का एरियल व्यू भी दिखाऊंगा मैं आपको बहुत सुंदर पार्क है तो नारनोल के आस पास, पास के लोग मॉर्निंग इवनिंग में यहाँ पे विजिट कर सकते हैं बहुत अच्छा जगह है वन टू आवर्स यहाँ स्पेंड कीजिए अपनी फैमिली की के साथ पिकनिक एंड देन आप आगे जा सकते हैं और जो बाहर से भी लोग आते हैं धार्मिक लोग हैं वो प्लीज़ आएं और मंदिर में आकर आशीर्वाद लीजिए बहुत ही सुंदर जगह है घूमने वालों के लिए धार्मिक लोगों के लिए और ऑन दी वे ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही काफ़ी टाइम तक दूर चलना है या कुछ है रोड से जस्ट हंड्रेड मीटर लेफ्ट साइड दिल्ली बीकानेर रोड से अब मैं थोड़ा सा इसके पार के चारों तरफ घुमा रहा हूँ आपको और सोच रहा था कि अगर वो फायरिंग प्रैक्टिस हो रही है तो उसका भी थोड़ा सा आपको वेव करवा देता अब अगर आप देख पा रहे हो पीछे ये प्रैक्टिस के लिए पुलिस वाले खड़े हैं और यहाँ पे फायरिंग करेंगे और अभी मंदिर में जाएंगे तो वहाँ से भी ऊपर से मैं आपको व्यू करवाता हूँ और बहुत ही सुंदर ये अरावली हिल्स हैं और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आके ओनली यही जगह हैं देखने के लिए मेरे हमारे लास्ट वीडियोज़ में भी आप देख सकते हो नारान -ना -ना के प्लेसेस के बारे में जो हमने डाले हुए हैं लाइक अगर आप ढोसी का पहाड़ है वो आप वीडियो में देख सकते हो और नानोल के हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो भी आप देख सकते हो तो काफ़ी वीडियोस डिटेल में डाले हुए हैं नीयर अबाउट नारनल के तो आप प्लीज़ जाएं विज़िट करें और जहाँ पे भी बस एक रिक्वेस्ट है ये देखें कि फायरिंग चल रही है साउंड सुनवा रहे हैं तो आप पेड़ों के पीछे फाइट फायरिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो देखिए आपकी बढ़ी हुई है वो देखिए ये देखिए अगर देख पा रहे हैं धूल मिट्टी तो आप तो प्रस ये देखिए मंदिर का व्यू और प्लीज़ आप अपने जो भी इंडिया की धरोवर हैं और या फिर आप वर्ल्ड में कहीं पे भी जाते घूमने तो प्लीज़ इन जगहों को साफ़ सुथरा बना के रखें गंदगी ना फैलाएं यही आप चेट्री पंडित रिक्वेस्ट करेगा क्योंकि अगर हम इनको साफ़ सुथरा रखेंगे तभी और इनको संभाल के रखेंगे तभी हम कुछ आगे वाले जनरेशन के लिए कर सकते हैं बहुत ही सुंदर है आप देखोगे नारनौल के अंदर ही बहुत प्यारा व्यू है और पूरा ना अगर मैं बात करूँ नारनौल के अंदर आप वन और टू डेज़ घूम सकते हैं। काफ़ी जगह हैं यहाँ पर नीर अबाउट महेंद्रगढ़ में जैसे माधवगढ़ का फोर्ट है वहाँ जा सकते हो आप और आप ऑन द वे हाफ डे ट्रिप में भी एक चीज़ें कवर कर सकते हो ये देखिए हनुमान जी सामने जय हनुमान जी ये देखिए आप देख पा रहे हैं तो ये देख पीछे ये देखिए मैं आपको चारों तरफ का व्यव करवाता हूँ प्रॉपर वो बैठने के लिए जगह अब हम मंदिर की तरफ जाएंगे ये देखिए बहुत ही सुंदर थ्री 360 व्यू अब हम बढ़ते हैं आगे जय हनुमान जी महाराज अब मंदिर में ऊपर चलेंगे और ऊपर का आपको नज़ारा दिखाते हैं भक्त लोग आए हुए हैं और दिन में काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है यहाँ पे देखिए और मैंने चप्पल पहन रखे हैं तो मैं उस साइड से आता हैं चप्पल पहन के मैं इधर नहीं आ सकता था, था इसलिए धार्मिक स्थल हैं तो स्लीपर्स में निकाल के साइड में जहाँ से एंट्रेंस उधर से आऊँगा मैं थोड़ा बैक साइड से जहाँ से एग्ज़िट है उधर आ गया था ये देखो बच्चे ना आ रहे हैं हेलो बेटा हैं ये देखो बच्चे घूम रहे हैं बच्चे डर गए थे तो नहीं कौन है ये देखिए अब हम मंदिर के इंट्रेंस की तरफ जाएंगे बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये मैंने आपको सारा इसका व्यू करवा दिया है पूरे एरिया का और अभी मंदिर के ऊपर जाके वो भी आपको दिखा देते हैं कैसा कुछ है ये देखो यहाँ पे फिर छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं मेन बालाजी का मंदिर है हनुमान जी का और उसके बाद सारे भगवान्स के मंदिर बनाए हुए हैं जय बली जय माता जी। ये देखिए पार्क बहुत अच्छा है सेट्स लगे हुए हैं गर्मी सर्दी बारिश कभी भी आप बैठो इनमें वेल में प्रॉपर प्रधानमंत्री हैं यहाँ पे अब अपना स्लेटस निकालिए ये इधर ये हम आएंगे बाद में अभी हम मंदिर के लिए हैं जय हो बाराजी महाराज जय लाला जी महाराज देखिए कितने ग्रीन पेड़ पौधे दे लगा दिए और बारिश तो तो में इधर साइड में पानी भी भर जाता है तो उस टाइम में करवा पाते तो बहुत सुंदर है ने होता है और अप्रोक्समली यहाँ पर होंगी फाइव हंड्रेड सीडियम आई थिंक उतनी चढ़ के वहाँ आना पड़ेगा बट कोई टफ नहीं है ये देखिए अब हम फाइनली पहुँच गए मंदिर में ये लास्ट कुछ फाइव सिक्स सी डी जय बालाजी महाराज जय हो ये पूजा पाठ कर रहे हैं जय लाल जी चार बार एक परिक्रमा करेंगे ये देखिए वो और फाइविंग प्रैक्टिस वो चल रही है अब हम चार बार भी परिक्रमा करते हैं जय बालाजी ये बैक साइड से बालाजी बहुत ही विशाल काय बालाजी की मूर्ति ये देखिए चारों तरफ अरावली हिल्स कितना सुंदर तो भगतजन हैं घूमने फिरने वाले हैं प्लीज़ आए भगवान जी के आशीर्वाद लीजिए ये देखिए देखिए आप, ये फौसले बना रखे हैं थ्री 360 व्यू में दिखा रहा हूँ आपको ये, ये पार्क पीछे और पुलिस वाले प्रैक्टिस करते हुए और पीछे वो अगर आप पहाड़ देख रहे हैं वो डोसी का पहाड़ है, ते है। सुनाते हैं जय हो बालाजी महाराज हमने दर्शन कर लिए हैं जय हो ये देखे नॉर्मल यहाँ से नॉर्मल एरियल डिस्टेंस है मुश्किल से वन किलोमीटर बाई रोड थ्री टू तो फोर किलोमीटर बस स्टैंड से नॉर्मल के और अभी हम उतरते हुए स्टेशन से बैक ये देखिए बहुत ही सुंदर जल्दी सुथरा था काले वाले भी मुझे ये देखिए बोले में, तो तो तो तो में होते वाले कुछ नहीं कर सकता पूरे समय हर दिन यही दिन जाते हैं भगवान नहीं ये देखिए ओ बहुत ही साफ सुथरा भाई उसका मंदिर है तो पर देखे पर देखे के के तो है तो तो, तो, तो, तो जा तो ले रही है। हाँ भैया पेशर ट्रिप पंडित ये बाबा के भाई दर्शन अब वापस जा रहे हैं और इधर से हमने एंट्री नहीं की थी हम इधर से एग्ज़िट कर रहे हैं बट एंट्री पॉइंट यही है ये यह तो कितना अच्छा बर्गर का पेट लगा हुआ है इधर से एंट्री होती है एंट्री प्लस एग्जिट सेम है बट हम उधर पार्क की तरफ चले गए थे नॉर्मली जब घूमने आते हैं तो ये देखें हनुमान जी कितने सुंदर आसमान कुछ होते हुए खड़े हैं हनुमान जी ये देखें अब हम चलते हैं और प्लीज़ आप जो भी इस चैनल को देख रहे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए ये देखिए अभी हम एग्जिट करते हैं यहाँ से ये यह पार्किंग एरिया है ये लोग बरगद के पेड़ ला रहे हैं कितने कितना सिंगर ये देखिए देर देर ये देखिए हाँ हाँ हेलो हव आर यू योर गुड नेम आयुष आयुष हेलो बेटा हेलो हव आर यू अपना चैनल है ट्रिप पंडित ठीक है उसमें आप मिलोगे टी आर आई पी पी यू एन डी आई टी हाँ ठीक है कितना लोग आ रहे हैं और अभी स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे लोग घटेंगे देखिए कितने लोग आ रहे हैं देखिए काफ़ी फेमस है ये जगह बहुत लोग आते हैं मंगल जब भी आप अगर आना चाहते हैं आपको भीड़वाड़ पसंद है मेला देखना है अपने कल्चर को बढ़ाना आगे तो प्लीज जाइए और मेले के आनंद देखिए बहुत ही अच्छा है मंगलवार और रविवार को आएंगे बहुत ही सुंदर काफ़ी लोग आते भी मेरे जाते हैं अभी अब कुछ नहीं और अभी फुल डे कर चलेंगे दिक्कत नहीं किसी भी टाइम आप आ सकते हो कोई तो दिक्कत नहीं है जय हनुमान जी महाराज